आप सभी को मेरा प्रणाम हर्बल रेमेडीज एंड नेचुर में आपका स्वागत है आज बात करेंगे इंडियन कोरल ट्री की फरहद या इरिथीना इंडिका फेबिस कुल का ये प्लांट है बहुत ही सुंदर रेड कलर के इसके फ्लावर्स आप देख रहे होंगे इसके फ्लावर्स से नेचुरल डाई भी बनाई जाती है इस प्लांट का छाल इसके पत्र इसके फूल सभी औषधीय गुणों में इस्तेमाल होते हैं और इसके स्टेम के ऊपर थॉन भी पाए जाते हैं जैसा कि आप देख रहे होंगे इस प्लांट के अंदर विभिन्न प्रकार के एल्कोलॉइड्स फ्लेवोनाइडल कंपाउंड्स, टेनिन्स इत्यादि पाए जाते हैं मुख्यतः इसके अंदर एक केमिकल कंपाउंड इराइथ्रीन पाया जाता है जो कि स्ट्राइचिन नामक एक नक्स भूमिका में पाए जाने वाले घटक का एंटीडोट होता है स्ट्राइचिनिन कुचला के अंदर पाया जाता है जो कि नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारियों के लिए महान औषधि है कई बार एक्सेस मात्रा में लेने से या शोधन ना करने के कारण कुचला के साइड इफेक्ट जो होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के कार्य इराइथरीन करता है इसके अलावा इसमें लेन इराइथ्रोमिन इराइथरीन डाइहाइड्रोफोलिनिन राइथ्रोडियोल टीरोपन्स इत्यादि पाए जाते हैं यह है प्लांट विभिन्न प्रकार के जो पॉइजन होते हैं चाहे वो स्कॉर्पियन बाइट से हो चाहे स्नेक बाइट से हो उन सब का भी एंटीडोट का कार्य करता है चाहे कुत्ते के काटने से रेबीज हो उनका जो पॉइजन है उसको न्यूट्रलाइज करने का ये प्लांट कार्य करता है इस प्लांट का और भी विभिन्न उपयोगों में लाया जाता है इसकी छाल का आप अगर डिकॉक्शन बनाएंगे तो वो बुखार के लिए नींद ना आ रही हो तो नींद को लाने के लिए एनजाइटी और डिप्रेशन को कम करने के लिए इनफ्लामेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल में आता है इसके जो पत्र होते हैं वो डायरेटिक नेचर होता है और अगर आंवला के पत्र के साथ मिलाकर स्वर्स बना पिया जाए तो लग्जीटिव का भी कार्य करता है इसके पत्र गलेक्टो होते हैं वर्धन का कार्य करते हैं मनुष्यों में भी और पशुओं में भी पशुओं में वर्धन के लिए चारे के लिए इनके पत्रों को काटकर भूसे में मिलाकर खिलाना चाहिए कई बार क्या होता है वाजीकरण के लिए इसके चून का इस्तेमाल भी करते हैं इसके चून को शहद में मिलाकर लेने से पुरुष बल बलवर्धक हो जाते हैं कामला के लिए कामला जिसको आप जौिस कहते हैं उसके निराकरण के लिए इसकी छाल का महीन चूर्ण हमें चावल के धुवन के साथ पीना चाहिए अगर दंत शूल की समस्या हो दांतों में दर्द हो रहा हो तो इसके छाल का डिकोक्शन बनाकर उससे कुला करना चाहिए और अगर कानों में दर्द हो रहा हो तो इसके पत्र का रस निकाल कर, दो से तीन बूंदें कानों में दिन में दो से तीन बार डालनी चाहिए कई बार क्या होता है कि कीटनाशक या किसी जहरीले जीव जंतु के काटने से गांठ जैसा बन जाता है उसके निवारण के लिए इसके पत्ते को गर्म करके बांध देना चाहिए धीरे धीरे गांठ बैठ जाती है साथियों यह एंटीअमेटिक और एंटी एपिलेप्टिक का कार्य भी करता है हमारे बॉडी के हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है और यह अपनी एक्टिविटी शो करता है कई बार क्या होता है पोस्ट मिनोपोजल कंडीशंस में बॉडी में कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है जिससे ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाती है उसके निराकरण के लिए यह बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखने वाला वह हार्मोन को रेगुलेट करने वाला होता है इसकी एंटी ऑस्टियोपोरेटिक एक्टिविटी भी होती है यह हृदय को मजबूती देने वाला और पित्त का समन करने वाला होता है यह है कफ वात शामक और पित्तहर है इसका आप अगर आँखों में समस्या हो तो इसकी छाल से काजल तैयार कर सकते हैं और काजल को आंखों के विकार के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं पेट के विभिन्न प्रकार के वंश हों उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है एयर लेयरिंग के माध्यम से और शीड के माध्यम से इसका प्रोपेगेशन हम कर सकते हैं बहुत अच्छा ये प्लांट है इसको इसकी एंटीडोट प्रॉपर्टीज़ पॉइजन के अगेंस्ट बहुत उपयोगी हैं यह जानकारी आप अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए ताकि इसके बहुमूल्य उपयोगों को हम जान सकें और अपने दैनिक जीवन में उतार सकें आप सभी का धन्यवाद चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए आप सभी का प्रणाम